Subscribe to to channel and and press the the bell button to get all notifications and click here. For the Assalamualaikum, friends, welcome to the Technical ज टेक्निकल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक जबरदस्ती नई वीडियो के साथ जिसको फॉलो करके आप मिलियंस रिव्यूज हासिल कर सकते हैं अब ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही मैं आपको live proof भी दिखाऊंगी कि कौन लोग हैं जो इस तरह के काम करके मिलियंस पे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं और आपने क्या करना है कैसे करना है कहां से क्या चीज़ के लिए कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूँ तो फ्रेंड्स अगर आप फ़ेस शो नहीं करना चाहते तो ना करें फेस शो नहीं करके भी आप मिलियंस पे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं तो गाइस आपने वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है हर पार्ट में मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर की है तो गाइस यहाँ पर मैं आपको तीन चार तरह से एनिमेशंस क्रिएट करना सिखाऊंगी और तो गाइस पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मिलियंस पे व्यूज हासिल कर रहे हैं बस छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करके तो यहाँ पर मैं आपको लीव एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देने तो यूट्यूब ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ से आपने सर्चिंग बार पे जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है एबीसी तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की हर वीडियो में मिलियन पे व्यूज है तो मतलब क्या हुआ इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर मतलब इस तरह की ऊपर मिलियंस पे ट्रैफिक है आप लोगों को जस्ट बताने के लिए मोटिव ट करने के लिए ये चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो आज के इस वीडियो में इंशाला मैं आपको किड्स रिलेटेड वीडियो बनाना सिखाऊंगी जिसके अंदर ए फोर एपल बीफो बोल ए बीसी वाली वीडियोस होंगी अलफ वे वाली वन टू वाली और उसके बाद अगर आपका दिमाग स्ट्रक हो जाए और आपका यह सोचना बनता भी यार ए अलिफ वे वन टू थ्री के बाद फिर हम क्या करेंगे आगे तो ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगी की लाइफ टाइम के लिए ना मतलब वो सारे टॉपिक आपको कवर करने में तीन चार साल लग जाएंगे तो फ्रेंड्स इतने टॉपिक्स है यहाँ पर ठीक है और सारा मतलब की आपने एक ही टैंपलेट बना के रख लेना है बस एक बार की मेहनत होगी और बार बार उसी को यूज करते जाए और बेनिफिट उठाते जाए तो दोस्तों ये सारा काम मैं आप लोगों को आपके मोबाइल में करना सिखाऊंगी और इसके लिए जस्ट हमें एक ही एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका नाम है काइन मास्टर उस पर ही हमारी सारी वीडियोस क्रिएट होंगी तो गाइज अगर आपके पास काइनमास्टर है तो उसे ओपन कर लीजिए और अगर नहीं है काइनमास्टर का प्रो वर्जन आपके पास तो इसके लिए काइनमास्टर से रिलेटेड मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको कायन में ले रेड करने में प्रॉब्लम होती है या फिर वीडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपनी उस वीडियो में सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हर हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने गाइन मास्टर अपलीन ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा यहाँ से आपने प्लस के आइन पर क्लिक करना है प्लस के आइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एंट्री शो होगा यहाँ से आपने सिक्सटी रेशो क्लिक करना है सिक्सटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से आपने टिक मार्क पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपने मीडिया पे क्लिक करना है मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से आपने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक माक पर क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड वाली लाइन पर क्लिक करके इस तरीके से बैकग्राउंड को लॉन्ग ट्रेस करके इंक्रीज़ कर लेना है इंक्रीज़ करने के बाद आपने अगेन ऊपर टिकमक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद आपने लेर भी क्लिक करना है टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से टाइप कर लेना है हमें ए ए पर ए टाइप करने के बाद यहाँ से हमें ओके पे क्लिक करना है ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से खींच के इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे इंक्रीज़ करने के बाद अब हम इसका कलर ले चेंज ले कर लेंगे इसका कलर व्हाइट है टेक्स का कलर चेंज करके हमने रेड कर लेना है यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें टेक्मार्क पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से हमने साइड में आना है कॉर्नर पे और यहाँ से हमें शेडो के आइकन पर क्लिक करना है शेडो के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे इनेबल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करके हम इसका, देंगे देंगे हम इसका कलर यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने टिक मार्क पर क्लिक करना है टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद अब आप ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जितना इसे बढ़ाएँगे इस तरीके से इसका बैक पर शेडू आएगा तो आप जितना रखना चाहते हैं आप इसे इतना रख लें यहाँ से इसके शेडो को मैं यहाँ से इतना ही रख रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर हमें ए पर क्लिक करके इसे कॉर्नर पर सेट कर देना है सेट करने के बाद यहाँ से हमें टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट वाली लाइन पे क्लिक करके इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे इस तरीके से इंक्रीज करने के बाद यहाँ से हमें ऊपर कॉर्नर में इन एनिमेशन पे क्लिक करना है इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा ए आए कैसे तो यहाँ से मैं स्लाइड डाउन सेलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ए एंट्री इस तरीके से स्लाइड डाउन करते हुए होगा सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से टेक्मार्क पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हमें टेक्सट वाली लाइन को इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा लेना है इस तरीके से यहाँ पर रखने के बाद इतना आगे रखने के बाद यहाँ से हमें लेर के आयकन पे क्लिक करना है टेस्ट के आइकन पे क्लिक है और यहाँ पर हमने कॉर्नर पे स्टिकर पे क्लिक करना है स्टिकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एप्पल वाला स्टिकर सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ओके okay पे क्लिक करना है ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे खींच के इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे सेट करने के बाद इसके बाद यहाँ से हमें अपनी टेस्ट वाली लाइन और एपल वाली लाइन के एंडिंग पॉइंट को इस तरीके से बराबर कर लेना है बराबर करने के बाद अगेन आपने एप्पल वाली लाइन पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करना है शेडोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें इसे एनेबल कर देना है एनेबल करने के बाद यहाँ पर हम बॉक्स पर क्लिक करके शेडो का कलर ब्लैक कर लेंगे और यहाँ से हमें और इसके बाद हमने टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद अगेन हमें और इसके बाद यहाँ से हमें एप्पल पर क्लिक करके इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी हमें स्लाइड डाउन वाला अफेक्ट लगा लेना है लगाने के बाद यहाँ से हमें ओके पर क्लिक कर देना है ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें लड़के आइकन पर क्लिक करना है टेक्स के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है एप्पल। एप्पल टाइप करने के बाद यहाँ से आपने ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और अब हम इसका कलर चेंज करके रेड कर देंगे रेड करने के बाद हमने यहाँ से टेकमार्क पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से हमें कॉन्डर पर आ जाना है और यहाँ से हमें शेडोस वाली लाइन पर क्लिक करना है शेडोस वाली लाइन पर क्लिक करके यहाँ से हम इसे एनेबल कर देंगे एनेबल करने के बाद से हम इसके शेडो को थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज़ कर देंगे इंक्रीज़ करने के बाद हमें ओके okay पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे इन लाइन्स पर आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद हम एपिल वाली लाइन पे लॉन्ग क्रेस करके यहाँ पर इन तीनों लाइनों की एंडिंग पॉइंट को इस तरीके से बराबर कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा ए एंडिंग पॉइंट बराबर होनी चाहिए पहले हमारी ए वाली लाइन शो होगी फिर एप्पल वाली और उसके बाद टेक्स्ट वाली तो आपने इस तरीके से इसका सेटअप बना लेना है सेट करने के बाद मैं आपको चला के दिखाती हूँ यहाँ तो यहाँ पर हम इसे प्ले कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शो होगा ये हमें और इसके बाद हमें ए वाली लाइन पर क्लिक करना है ए वाली लाइन पर क्लिक करके हमने ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें इसे डुप्लीकेट कर लेना है डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट हुई हुई लाइन को हमने लॉन्ग प्रेस करके आगे इस तरीके से सेट कर देना है सेट करने के बाद हमने नीचे भी इन दोनों लाइनों को इसी तरीके से प्रेस करके ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है और इन दोनों लाइनों के एंडिंग पॉइंट को बराबर करके इस तरीके से हमें सेट कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट थ्री लाइन की सेटिंग की है इसी तरीके से हमने इन थ्री लाइंस की भी सेटिंग कर लेनी है अब जो फर्स्ट थ्री लाइन है वहाँ पर तो हमारा सही है ए फोर एपल लेकिन जो हमारे पास सेकंड थ्री लाइन है अगेन वहाँ ए फोर एपल आ रहा है।, हमने अब इसको चेंज कर करना है इसको हमने बी फोर बॉल करना है ये करने के लिए हमने ए वाली लाइन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमने ऊपर की पे क्लिक करना है की पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें ए को रिमूव करके यहाँ पर हमने बी को टाइप कर लेना है बी को टाइप करके यहाँ से हमने ओके पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बी टाइप हो चुका है अब हमने एपल वाली लाइन पे क्लिक करना है यहाँ से हमने एपल को रिमूव करके बॉल स्टीकर यहां से ले लेना है उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है और इसके बाद हमने यहां से एप्पल पर क्लिक करना है एप्पल पर क्लिक करके कीबोर्ड वाली लाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां से हमने एपल को रिमूव करके बोल्ट टाइप कर लेना है बोल टाइप करने के बाद यहां से हमें ओके पर क्लिक कर देना है अब जिस तरीके से हमने ए वाली तीनों लाइनों को डुप्लीकेट करके आगे सेट किया था और इसके बाद हमने इसे चेंज किया है इसी तरीके से हमने बी वाली तीनों लाइनों को डुप्लिकेट करना है और इसी तरीके से हमने ये भी आगे सेट कर देना है और इसके बाद हम बी को सी में चेंज करेंगे इसके लिए हमें यहाँ से बी पे क्लिक करना है बी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कीबोर्ड वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने बी को रिमूव करके सी टाइप कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ से बॉ पे क्लिक करके की बोर्ड क्लिक करना है और यहाँ से हमें बॉल को रिमूव करके स्टिकर पर क्लिक करके इमोजी केट की स्टिकर वाली इमोजी सिलेक्ट कर लेनी है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने ओके पे क्लिक कर देना है अब मुझे यहाँ पर केट कुछ ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी क्यूट से केट की पिक्चर हो ताकि बच्चे भी ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट हों अब मुझे चाहिए एक क्यूट से केट की पिक्चर जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो तो वो मैं कहाँ से लूँगी तो इसके लिए मुझे आ जाना है प्ले स्टोर में यहाँ से एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करनी है तो गाय अगर आप भी चाहते हैं इस ऐप से इमेज डाउनलोड करना जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर ना एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर बैकग्राउंड हमें रिमूव होगा मिलता है और इतनी क्वालिटी वासित ज़रदस्त किस्म के यहाँ पर आपको इमेजेस मिलेंगी आपको बैकग्राउंड चाहिए हो या फिर आपको यहाँ से कोई भी इमेज चाहिए हो आप वो यहाँ से ले सकते हैं इसलिए मैं इस ऐप को यूज़ करती हूँ अगर आप भी चाहते हैं ऐप को यूज़ करना तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है और इमेज सर्च मैन सर्च करके ये वाली गेप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करके यहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है केट पीएनजी इमेज केट पीएनजी एन इमेज सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेशुमारेट की पिक्चर हमारे पास यहाँ पर, पर मौजूद है इन सब के बैकग्राउंड रिमूव है तो हमें बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर अब यहाँ पर आपको जो केट की इमेज अच्छी लग रही है उसे सिलेक्ट करके डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें उसके बाद आपने अगेन कायन ओपन कर लेना है अगेन ओपन करने के बाद आपने यहां से गेट वाले स्टिकर पर क्लिक करना है और कॉर्नर पे जो डस्टबिन का आइकन है उस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर देना है उसके बाद यहां से लड़ पे क्लिक करना है इमेज पे क्लिक करना है और यहां से वो गेट की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो भी हमने डाउनलोड की है सेलेक्ट करने के बाद उसे इसी जगह पर हमने सेट कर देना है सेलेट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पर हमें इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और जिस तरीके से हमने सब पे स्लाइड डाउन का इफेक्ट लगाया था इसी तरीके से हमने गेट पर भी स्लाइड डाउन का इफेक्ट लगा लेना है सेट करने के बाद यहाँ से आपने उसी तरीके से बोल को कर रिमूव करके केट टाइप कर लेना है तो इसके बाद मैं आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाती हूँ कि आपने किस तरीके से इसे रिकॉर्ड करना है तो फ्रेंड्स यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए हमने पहले वीडियो को अपने स्टार्ट पे ले आना है और यहाँ पर स्माइक वाले आइकन पर क्लिक करके स्टार्ट तक क्लिक कर देना है और जैसे हमारी वॉइस और कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने यहाँ से स्टॉप कर देना है अब ये तो हो गई कि हमने वॉइस रिकॉर्ड कर ली इसके बाद हमने बैकग्राउंड पे कोई भी टून लगा लेना है आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी कोई टून उठाकर लगा सकते हैं वहाँ के टून लगाने से ये होता है कि वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आ मेरे पास एक यूट्यूब का टून डाउनलोड है तो मैं यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करके वो टून सेलेक्ट कर लेती हूँ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसे एड कर लेना है और इसके बाद आपने टिप मार्क पर क्लिक कर देना है यहाँ से वॉल्यूम वाली आइकन पर क्लिक करना है और इसकी वॉल्यूम को हमने 28 तक कर लेना है ताकि हमारी जो वॉइस है वो ज़्यादा हो और जो टोन है वो बैक पर स्लो चले टोन लगाने के बाद और वॉइस चेंज करने के बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देती हूँ तो गाय अब हम कर लेते हैं वॉइस चेंज इसके लिए हमने वॉइस वाली लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉर्नर पर लिखा हुआ रहा है वॉइस चेंजर हमने इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वॉइस मौजूद है यहाँ आप पर आप हमारे पास अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वॉइस सुना देती हूँ तो आप अपने कार्टून के हिसाब से जो वॉइस सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ऊपर टिक मार्ग पर क्लिक कर दीजिए तो फ्रेंड्स अब हमने वॉइस भी चेंज कर लिया इसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना और इसके बाद मैं आपको दो तीन तरीके और बताती हूँ कि आप इसी टेम्पलेट को रखते हुए और दो तीन तरह की वीडियोस कैसे बना सकते हैं काइज ये वीडियो सेव करने के बाद हमने अगेन आ जाना है काइन मास्टर पे और यही पेज ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ से हमें लेयर पे क्लिक करना है इमेज पे क्लिक करना है और ये वाली इमेज यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेनी है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे इस तरीके से सेट कर देंगे सेट करने के बाद यहाँ से हमने इमेज वाली लाइन पर क्लिक करके इसे खींच के फुल वीडियो के एंड तक ले आना है अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्टिक वाली इमेज कहाँ से ली है तो इसके लिए आपने उसी ऐप को ओपन कर लेना है जो मैंने आपको बताई थी और आपने वहाँ पर जाके सर्च करना है टीचर हैंड स्टिक पीएनजी इमेज तो आपको इस तरह की बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगे अगर आपको भी इस तरह की इमेजेस चाहिए अपने वीडियो के लिए तो आप वहां से जाके ले सकते हैं अब अब इसके बाद हमने करनी है अपने टेक्स्ट की राइटिंग चेंज इसके लिए हमने क्या करना है टेक्स्ट वाली लाइन पर क्लिक करके डबल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे फ़ोनस मौजूद हैं अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन फ़ोनस चेंज करके दिखा देती हूँ कि आप किस किस तरीके के फ़ोनस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश फोनस हमारे पास मौजूद है हम हर वीडियो में इस तरीके से अलग फ़ोन करके और इसका बैकग्राउंड चेंज करके इस तरह की हम एक ही टैंप्लेट बनाकर बहुत सारी वीडियोस एक ही टैम्पलेट से तैयार कर सकते हैं बाकी आ जाते हैं कि आप और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना सकते हैं यहाँ पर हमने ए पे क्लिक करके कलर के आइकन पर क्लिक करना है कॉर्नर पर यहाँ से हमने अपनी टैक्स का कलर चेंज कर लेना है अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रखना चाहें तो आप अपने दोनों टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं जस्ट एक का भी कर सकते हैं तो ये सब चेंजिंग वगैरह करने के बाद मैं आपको अब इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखा देती हूँ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने अपने ये जो हमारा पहले वाला बैकग्राउंड है वाइट कलर का इस वाली लाइन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है डिलीट करने के बाद हमने मीडिया पे क्लिक करना है ऊपर और यहाँ से हमने अपना नेक्स्ट बैक ग्राउंड कर लेना है तो यहाँ पर मैंने उसी ऐप से बैकग्राउंड डाउनलोड की है मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर देती हूँ और आपको सेट करके दिखाती हूँ कि इसका कंप्लीट लुक कैसे लग रहा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करते ही हमारी नीचे की भी शो होना शुरू हो गई लेकिन हमारा बैकग्राउंड फिक्स नहीं है इसके लिए हमने सेकंड पर क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करके हमने अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है बढ़ा लेना है। इस तरीके से पूरी स्क्रीन पर फिक्स करने के बाद हमने इसी गुल टूपे क्लिक कर देना है इसी गुल टूपे क्लिक करने के बाद हमें टेक मार्क पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हमारा बैक फिक्स हो जाएगा और यहाँ हमने बैकग्राउंड वाली लाइन को इंक्रीज करके वीडियो के एंड तक ले आना है एंड तक लेकर आने के बाद सेट करने के बाद अब हम अपनी इस वीडियो को भी अलग वॉइस चेंजर से अलग इस पे भी वॉइस लगा लेंगे हम और फिर मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो भी प्ले करके दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कम्पलीट रेडी है मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देती हूँ तो गाइस इस वीडियो को भी कंप्लीट रेडी करने के बाद आपने इसे भी सेव कर लेना है अब आ जाते हैं अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया किस तरह से सारी सेटिंग्स से होंगी किस तरह से क्रिएशन होगी सारी तो जनाब अब आ जाते हैं इस बात पे कि एलि बे वन टू। और ए बी सी डी ये सारी क्रिएशंस करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेलो टॉपिक्स हैं नैम ऑफ कलर्स हैं नैम ऑफ बर्ड्स हैं नैम ऑफ एनिमल्स हैं नैम ऑफ वेजिटेबल्स हैं नैम ऑफ मंथ हैं नैम ऑफ डे है इस तरह की और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं इस तरह की और भी हज़ारों टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं इस तरह के चैनल्स को आप सर्च करके वहाँ पर आप भी उनसे भी आइडिया ले सकते हैं दोस्तों आपने इस तरह के चैनल्स पे इस तरह की वीडियोज़ पर भी वी तो देख ही लिए होंगे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया है ये वीडियो बनाई है आप इसको आराम सुकून से सीख कर मज़ीद बेहतर बेहतर बनाकर आप जो है ना काम करके कर बना कर अपना अच्छा खासा मुस्तबल संवार सकते हैं तो और अगर आपको क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपने कोई क्वेश्चन करना हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए अल्लाह